हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने चैनल को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं और आप अपने चैनल को सिक्योर कैसे रख सकते हो मैं आपको आज ऐसे पांच पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल भी हैं आपको बहुत अच्छी आप, आपको उस वहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ये जो मैं आपको पाँच पॉइंट्स बताने वाला हूँ भाई इन पर गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन अपनी ऑन कर नहीं है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप उसका क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता कि तो भाई, भाई अब हमारी इस जीमेल में कोई छेड़छाड़ कर रहा है आपके पास यस और नो दो ऑप्शन आएंगे अगर आपने यस कर दिया तो वो आपकी जीमेल को इजिली से एक्सेस कर लेगा और अगर आपने नो no कर दिया तो वो नहीं करेगा और अगर जब आप यस करोगे यस करने के बाद आपको वहां तीन नंबर दिखेंगे अगर जो तीन नंबर नंबर में से कोई एक सेलेक्ट कर देते हो और बाय डिफॉल्ट वो सही होता है तो भाई आपके जीमेल को कोई भी हैक कर सकता है तो इसलिए आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है अब सेकेंड क्या है वो जान लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप यूट्यूब पर चैनल बनाते हो तो आपके पास तीन जी होनी चाहिए तीन जी अकाउंट आपके होने चाहिए अगर आप यूट्यूब पर एज ए प्रोफेशनल्स काम करना चाहते हो या यूट्यूब को एक अपना फ्यूचर एक फ्यूचर में करियर बनाना चाहता हूँ YouTube को तो भाई आपके पास तीन आपकी प्रोफेशनल्स जी मेल्स अकाउंट होने चाहिए अब उनका कारण क्या है तीन का वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला जो हमारी जी है वो आपके YouTube से कनेक्ट होगी जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है YouTube से ही उसका मैन जो हमारा चैनल होगा वो उस पर ही लॉग इन आई वहाँ पर लॉग होगा सिर्फ YouTube पर वर्क करेगी जो आपकी प्रोफेशनल्स जी होगी उसके बाद आपको दूसरी जी बनानी है दूसरे नाम से या सेम नाम से कोई इशू नहीं है एक दो वर्ड चेंज कर देना जो कि आपको रिकवर में डालनी है मानने की बात है पुरानी वीडियो जो आपने यूट्यूब पर जी डाली हुई है और उसका पासवर्ड आप भूल जाते हो या कोई हैक करता है तो उसमें आप वहां पर रिकवरी मेल डाल सकते हो या जैसा आप पासवर्ड भूल जाते हो और भी बहुत सारी चीज़ें तो रिकवरी में आप उस जब दूसरी मेल जो मैंने आपको बताई वो वहाँ पर आपको डाल दोगे तो वहाँ से आपका चैनल या आपकी जी रिकवर हो जाएगी या कोई डाटा आपका मिस हो रहा है वो भी वहाँ से आपको रिकवर हो जाएगा ठीक है अब तीसरी जीमेल क्या है वो सुन लीजिए जी। तीसरी जीमेल आपको स्पॉन्सरशिप के लिए रखनी है जैसे आप अबाउट सेक्शन में जा करके आप वहां पर जो जीमेल दोगे ना वहां पर आपको, प्रोफेशनल्स, अपने के लिए, वाली एक मेल आपको एक कर है। अभी आ, बहुत, आप लोग सोच रहे होंगे क्या हम अब एक नंबर से तीन जीमेल बना सकते हो यस आप एक नंबर से तीन जी अकाउंट बना सकते हो अगर आपके पास दो नंबर है तो भाई दो नंबर से बना लीजिए ठीक है दो जी मेल एक नंबर से एक जी मेल एक नंबर से बना लीजिए अगर आपके पास दो अपने पर्सनल नंबर हैं नहीं है तो आप एक नंबर से भी तीन जीमेल आईडी आप बना सकते हो तो नंबर वन मैंने आपको क्या बताया पहली आईडी आपको जो अकाउंट में आपके कनेक्ट होगी सेकंड वन इज जो आपकी रिकवरी में होगी एंड थर्ड वन इज जो आपकी प्रोफेशनल्स होगी जो आपकी जिसपे आपके सारे के सारे स्पॉन्सरशिप के मेल आएंगे ठीक है अब मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरा पॉइंट की ओर वो जान लीजिए वो क्या है तीसरा जो पॉइंट है भाई बहुत इम्पोर्टेंट है तीसरी जो ये जो ट्रिक है बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझ लीजिए ये क्या है जैसा आप स्ट्रीट वाईफाई होते हैं मतलब गली में जो वाई लगे होते हैं जो फ्री के वाई होते हैं या अब सिटीज़ के अंदर मतलब अलग, अलग अलग एरिया में जैसा और भी काफ़ी प्रोवाइड करवा देती है सरकार या कोई और भी मतलब जिसने कोई अपना पासवर्ड नहीं लगा लगा के रखता तो अगर आप वहाँ पर कोई वाईफाई कनेक्ट कर लेते हो और अगर आप जीमेल वहां पर खोल लेते हो तो भाई आपको आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं आपके चैनल हैक होने के लिए तो भाई इस चीज़ से बचना है आपको कोई भी फ्री का वाईफाई नहीं यूज़ करना है ठीक है आपको कोई भी स्ट्रीट कोई भी गली में कोई भी वाईफाई यूज़ जो मतलब जिसको पब्लिक लोग यूज़ करते हैं उसको आपको बिल्कुल भी अपने जीमेल मेल वहाँ पर नहीं लॉगिन करनी है यूट्यूब वाली और या कोई मेट्रो सिटीज़ के अंदर आपको कहीं भी वाईफाई फ्री में मिलता है या किसी कैफ़े में मिलता है या होटल में मिलता है आपको वहाँ पर नहीं करना है क्योंकि भाई वो कोई कोई सिक्योर नहीं होती वहाँ से आपको डाटा लीक होने का चांसिस ज़्यादा होते हैं और आपने यूट्यूब पर हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो तो आपको वहाँ जब तो इजीली से कनेक्ट हो जाता है तो हमारा डाटा वहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब अगर चाहें तो वो हैक कर सकते हैं ठीक है क्योंकि साइबर क्राइम और साइबर अटैक बहुत ज़्यादा लेवल पे ये दोनों के दोनों क्राइम बढ़ चुके हैं साइबर अटैक भी और साइबर क्राइम भी ठीक है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा साइबर अटैक कब होता है साइबर मतलब क्या होता है और क्यों होता है और कैसे होता है और कैसे बचा जा सकता है वह भी मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अब ये मैंने थर्ड पॉइंट अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की और फोर्थ पॉइंट क्या है वो भी सुन लीजिए अगर आप अपने फ्रेंड के यहाँ पर जाते हो ठीक है और वहाँ पर अगर आपने अपना यूट्यूब वाला आईडी पासवर्ड मतलब आपने लॉगिन कर ली वहां पे अपनी आईडी तो भाई जब तक आपको काम है उस मतलब जीमेल से जब तक आपको काम है जब तक ही उसको वहां पर लॉगिन रखना काम होते ही आपको तुरंत लॉग आउट कर देनी है क्योंकि भाई कोई कोई फ्रेंड भी बहुत हरामी होते हैं वो भी मतलब आपकी जीमेल को हैक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके फ्रेंड लोग चाहते हैं कि भाई पास में तो है ही कोई भी रिकवरी मेला आएगी तुरंत हम एक्सेस कर देंगे यस yes कर देंगे पूरा वो कर देंगे मतलब जो पास में होता है ना कभी कभी वही आपके साथ धोखा कर देते हैं तो ये फोर्थ पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आपको बचना है ठीक है हैक होने के भाई ये छोट छोटे छोटे चांस छोटे छोटे ही ऑप्शंस होते हैं जिनसे मतलब आपका चैनल हैक हो जाता है ठीक है अब मैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लेके चलता हूँ जो कि फाइव है और बहुत इंपॉर्टेंट भी अब वो सुन लीजिए क्या है वो ये है आपको अनवांटेड एप्लीकेशंस पर कभी भी विजिट नहीं करना है ठीक है अनवॉन्टिड एप्लीकेशंस क्या होती हैं अब मैं वो आपको बताता हूँ जैसे ही आप कोई आप एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेशंस या कोई वेबसाइट पर आप विजिट करते हो जैसा कि हाउ टू इंक्रीज अपने हंड हंड्रेड सब्सक्राइबर्स या टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स या हम अपना वो टाइम कैसे कंप्लीट करें ये ये मतलब एक अनवांटेड एप्लीकेशंस होती हैं ये कोई फेक होती हैं क्योंकि यहाँ से भी आपका चैनल हो सकता है जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पर लैंड करोगे तो भाई वो आपको कहीं और लैंड करा देगा फिर मतलब वही बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता रहेगा और आप नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर जाते रहोगे जितनी आप अंदर जाओगे उतनी आपको हैक होने के चांस ज़्यादा रहेंगे जैसे मैं आपको बता दूँ टिकटॉक बैन क्यों हुआ था इंडिया के अंदर क्यों क्योंकि वो हमारी जो हमारा जो डाटा था वो लीक करने लगा था ठीक है उसके बारे में भी मैं आपको क्लिपबोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा जैसा ही हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा जो जब हम कोई डाटा वहाँ से कॉपी करते हैं ना तो वो क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाता है उसके बाद हम पेस्ट करते हैं तो जो सेव हो जाता है ना वो आप वो डाटा लीक कर रहा था हमारा टिकटॉक तो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंडिया में बैन हो गई थी सिर्फ इसी के कारण क्योंकि वो हमारा डाटा लीक कर रहे थे और लीक इस तरह से कर रहे थे कि मतलब जैसा हमें आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और आपका सारा का सारा जैसा आप कभी कभी सोचते ही नहीं हो जैसे कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो आप अलाओ अलाओ अलाओ अलाउ करते चले जाते हो आप कोई ये नहीं देखते कि भाई क्या है इसके अंदर क्या नहीं है आप अलाउ करते चले जाते हो तो आपका सारा डाटा वहाँ पर चला जाता है फिर वो आपसे बंदा कॉन्टैक्ट करता है और फिर वो आपको ब्लैक करता है कि मेरे पास आपका सारा डाटा है मुझे इतने लाख रुपए चाहिए या इतना पैसा चाहिए जब भी आप जब भी मैं आपकी फ़ोटो डिलीट करूँगा तो ये सब मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो आपको बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी इन पर विश्वास नहीं करना है आपको नहीं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के चक्कर में पढ़ना है आपको सिर्फ़ अपनी चैनल को सिक्योर कैसे रखना है वो मैंने आपको पांच तरीके बता दिए भाई ये बेस्ट तरीके हैं अगर आप इनको फॉलो करोगे तो शायद आपको आप अपने चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरे पाँच पॉइंट्स ये पाँच ट्रिक्स आपको अच्छी लगेंगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक पी